हेलो हेलो कौन राहुल मैं अनु अनु हाँ आवाज नहीं पहचान पा रहे हो तुम मेरी नहीं ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअल में डेढ़ साल हो गए ना ब्रेकअप को हुए हुए तो आवाज पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होगा राहुल राहुल मैं न चाहती हूँ कि हम फिर से पास आ जाएं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल पास आ सकते है कोई दिक्कत नहीं लेकिन दिल में नहीं आ हाँ पाऊंगा